आले। वचन गाना भी है। जब ना था, वो कितना था था। को देखना चाहता था जब कहीं कहा इसने कहा जब कहीं को वो नीचे होता आज घर पे आकर खाना खाऊंगा खाना खाऊंगा ये संडे स्कूल का सॉन्ग ठीक है इसी तरह संडे स्कूल का सॉन्ग नहीं याद हैं। हम क्या करते थे टीचर्स क्या करते थे बच्चों को याद दिलाते जो हम हमारे संडे स्कूल में किया जाता है तो यहाँ पे जो वचन है जब का ही क्या था, ना था, था। और उसका एक्चुअल काम क्या था चुंगी लेने वाला, तो सभी सभी को पता है ये पता नहीं? सभी को पता पता पता है है है। बच्चा, कि नहीं? क्या था था वो? चुंगी लेने वाला था, सबसे। था। तो एक अच्छाई भी था उसमें और एक बुराई भी। तो इसमें क्या है मतलब उससे ज्यादा पॉजिटिव था कि मतलब मैं को क्या करना चाहता हूँ एक विश्वास जबकई क्या उठा? क्या क्या विश्वास जब कहीं था चुंगी लेने वाले चुंगी लेने वालों के हृदय में कभी दयापन है न किसी के बारे में अच्छाई अच्छाईपन कभी नहीं आता आता है नहीं आता है वो उसका जो वो काम है वो कर ही छोड़ता है तो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ जब कहीं ने जब यहाँ वा लोगों से सुना कि परमेशर ऐसा करता है वो लंगड़े को चलाता है गंधे को दिखाता है है ना वो घुंडे पर जिंदा करता है सबको ठीक करता है ऐसा नहीं कि किसी को वो है ना कुछ बुराई चीज़ करता है याशु मसीह क्या करता है भलाई के कामों को वो करता है तो ये बात सुनकर जब का क्या हुआ ये इंसान है तो जो यशु मसीह याशु मसीह यशु मसीह बोल रहे हैं ये है तो नाकिन मैं इसे क्या करना चाहता हूँ देखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूँ देखना, देखना चाहता हूँ तो क्या हुआ जब याशु मस्जिद जब एंट्री करते समय तो सब ऐसा घेरे हुए थे जैसा कोई बड़ा इंसान आता है तो राइट और लेफ्ट साइड के साथ पूरा घेरा खड़ा हो जाते हैं, और उसको क्या करते हैं जगह देते हैं ना उस इंसान को ना आराम से आने के लिए जगह को देते हैं तो इसी तरह तो ना चटका ही था जब देखो वो लाता रहने के बावजूद भी वो क्या करता था चुनगी लेता क्या करता था चुंगी लेता था नहीं इतना है ना एक चीज़ है इतना शॉर्ट होते हुए भी वो इतना बड़ा काम करता था जो चुंगी लेने वाला तो उसका है ना एक बोलने का टर्म उसका बोलने का तरीका है ना सब चेंज है लेकिन उसको जब पता चला कि ये ऐशु इतना अच्छा अच्छा काम करता है तो उसने क्या किया अपने आप को क्या किया छोटा बनाया क्या किया छोटा बनाया अगर मैं छोटा बनूं तो मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ क्या करूं छोटा बनूं तो मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ वो ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ वो मेरे से आप ही मिलना चाहिए मैं क्यों चाहूँ उसके पीछे वो जितना भी अच्छा बनाएगा काम करता नहीं लेकिन मुझे नहीं देखना मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं सोचा वो क्या सोचा कि मुझे इस, इस इंसान को देखना है वो क्या है वो कैसा दिख है क्या तरीका है उसका बोलने का बातें कैसी है जो जो लोगों जो लोग इतना उसके बारे में बोल रहे हैं तो उसका उसका पर्सनैलिटी हो गए है ना पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है इंसान पर्सनालिटी से जाना जाता है अगर वो इंसान इंसान पर चलने का ढग या फिर बैठने उठने या बात करने का जब चीज़ रहता है तो सामने वाला इंसान क्या करता है अरे ये एक, एक लड़की थी वाइसा से अरे तो इसके बारे में बात करें क्या हाँ हाँ मैं हाँ, उसके बारे में बात करूँ तुम तो क्या एक पहचान बन जाती हो पर्सनैलिटी बोलता तो वो होने के बाद ये तो मसीह का चर्चा बहुत चलने के बाद जब जमकर को जमकर को क्या हुआ एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि मुझे येषु मसीह को दे ठीक है तो फिर तो तो वो क्या किया सबको गलती में सही किया लेकिन कोई इसको आगे जाने नहीं देगा फिर तो उसने क्या किया कौन से पेड़ पर चढ़ा पुलर के पेड़ में चढ़ा पेड़ में चढ़ने के बाद उसने क्या किया नजरे इधर उधर इधर उधर किया क्या किया इधर से आ रहा है ये गदी से आ रहा है वो गली से आ रहा है ये गली से आ रहा है मेरे पीछे से आ रहा है क्या मैंने उसको मिस किया क्या वो चला गया है क्या मैं लेट हो गया क्या देखने के लिए उसको क्या लगा ये सब उसके हृदय में बातें चल भी रहा था लेकिन हमें यहाँ पर क्या देख सीखने मिलता है सीखना मतलब क्या एक चीज़ है जगह से इंतज़ार कर रहा था क्या कर रहा था इंतज़ार कर रही थी वो द लॉर्ड कि कभी आएगा ऐशिंग मशीन जब मैं देखूँ उसको वो इतना अच्छा इंसान है इतना अच्छा बातें करता इतना है इतना अच्छा लोगों के रिजा में उसके प्यार बढ़ा है वो इंसान नए फोन मुझे देना है वो क्या किया इंसान ने वो वेट किया वेट किया कि ये पोलिस आएगा वो पुलिस आएगा ये पोलिस आएगा मैंने उसको मिस किया कि क्या किया तो जब मैंने क्या किया वेट किया और उसके अंदर क्या था एक आशा था कि मैं उसको देखूँ क्या करूं मैं उसको दे दी परमेश्वर को सब पता था कि जब है है ना वो यहाँ पे यहाँ पे पेड़ में चढ़ा है है ना वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है याशु मसीह को तो सब पता ठीक है।, है लेकिन उस कार्य को होने के लिए यीशु मसीह ने उस को होने के लिए तो हमें यहाँ पर क्या देखने मिलता है कि जब कई यहाँ पर पे पेटिंग बढ़ा तो हमें भी क्या करना चाहिए लाइफ में देखो अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो वो आसानी से चले जाएगा यस सबको एक्सपीरियंस है हम लेकिन जब कोई मेहनत से मिलता है तो वो हमारे हाथ से नहीं छुटता वो हमारे हाथ से कभी नहीं छूटेगा जब भी तुमको पता है ना कि उसका मेहनत कितना है उसका मसीला कितना है उसका है ना तुमने कितना दिल और चार लगा कि उस चीज़ को पाया तो उसका कीमत भी क्या क्या करेगा वो वो तुम्हारे से से नहीं जाएगा तो क्या है जब बेटिं, बेटिं, बेटिं कर रहा था उसका को को दिया उसे जब आया आने के बाद ना झाड़ देखा और बोला घर पे आकर खाना खाऊंगा क्या करूंगा खाना खाऊंगा तो, तो ये मसी क्या था येशु मस्सी ने उसको देखा क्या किया देखा जब भी हम प्रार्थना करेंगे या फिर उसके मंदिर में आएंगे तो हमें यह, यहाँ वहाँ या पूरा प्र, प्र, पूरा विचार सब लेकर नहीं आना चाहिए यस बोलते हैं कि सारा विचार परमेश्वर के ऊपर डाल दो जब येशु मस्सी ने खून ही बोला है कि सारा विचार यशु मस्सी पर डाल दो तो कि किस बात की चिंता हमें करना चाहिए चिंता करना जरूरी है चिंता होने से ही क्या होता है एक आइडिया मिलता है परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या करना चाहिए वो चिंता को सब रख देना चाहिए और सिर्फ यशु मसीह की आराधना हमें करना चाहिए तो जब हम यशु मसीह को देखेंगे क्या हुआ वहाँ पे जब जगह वहाँ पे था और यशु मसीह आया तो क्या हुआ वो जगह क्या हुआ वो प्रेजेंट से फिल हो गया जब यशु मसीह आया तो जगह को नीचे उड़ा रहा तो उससे बातेंगे सब किया उसने तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब इतना वेटिंग में था जब का कि उस यशु मसीह को सबसे आकर मिला अगर हम हम भी है ना परमेश्वर के संदिधान में अगर ऐसे वेटिंग वेट वेट वेट, वेट करते रहेंगे तो क्या होगा परमेश्वर हमारे साथ जरूर आएगा कितने इतना को विश्वास है कि यशु मसीह खुद बातें करेंगे लेकिन हमें आपको खुद को पता है मुझे को पता है कि परमेश्वर अभी तक किससे हमसे बातें करते आया है हरे जब हम परमेश्वर के सरिदान में आते हैं तो क्या करते हैं मतलब कच्चा तैयार हो क्या होते आते हैं तुम दिख बिखरा हुआ बाल लेके कैसे नहीं आना चाहिए। जब परमेश्वर हमारा स्वच्छ है तो हमें भी स्वच्छ रहना ज़रूरी है तो हमें क्या करना चाहिए क्लीन हो के आना चाहिए लेकिन क्लीन क्या? वो शारीरिक जब हम आत्मिक में आते हैं तो क्या करना चाहिए हमें एक एक प्यास के साथ एक आशा के साथ एक टूटा हुआ मन के साथ एक टूटा हुआ हृदय के साथ आएंगे, तो परमेश्वर हमें ज़रूर देखेगा जब कहीं क्या किया उस काश के साथ वो आया था तो ईश्म ने क्या किया उसको देखा अगर जब तक तुम तो घास के साथ नहीं आओगे टूटे कोई हृदय के साथ नहीं आओगे तो ईश्वर से तुमको परखते ही जाएगा परखते ही जाएगा परखते ही जाए कि ये कब मेरे सनिधान में आएगा कब ये रोएगा कब ये दिन के आएगा कब ये घंटों पर मेरे मेरे लिए प्रार्थना करेगा है ना घंटों पर मेरे संविधान में रहेगा चौबीस घंटा इसकी इसके, इसके मुँह प्रार्थना होनी चाहिए मेरे लिए विचार होनी चाहिए है ना अगर ये चीज़ अगर ये सब चीज़ आपके विदय में नहीं है तो फिर वो आप जाए हरी लुया जब मैंने का जब उसका जब ऋषु मसी आया उसको देखा तो जब यह हम हम आते हैं ऋषु मसीह के पास हम प्रार्थना करते हैं सब करते हैं तो जब उसका प्रेजेंस फील होता है ना है ना तुम तुम रो सकते हो तुम है ना चिल्ला सकते हो तुम है ना टनस में बात कर सकते हो या फिर तुम मन भी मन रो सकते हो लेकिन दिखाना नहीं है दूसरे को है ना वो सब चीज़ क्या होता है प्रार्थना में होता है लेकिन जब होगा जब तुम बिना आँख खोलते हुए प्रार्थना करो तुमने आँख बंद किया प्रार्थना किया थोड़ा आँख खोला कि क्या चल क्या नहीं तो तुम क्या होगा वो कंट कट हो जाए तो जब भी प्रेजेंस तुम्हारे पास आते सी का हाथ तुम्हारे ऊपर आता है तो क्या करना चाहिए उसको पकड़ चाहिए क्या करना चाहिए पकड़ लेना चाहिए जब कर वेट करते करते मसीह ने उसको देखा क्या किया देखा परमेश्वर पहले से जानता था कि वो पेड़ पर चढ़कर मेरा इंतजार कर रहा है तो हमें पहले से ही परमेश्वर को बताना चाहिए कि प्रभु मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं तेरा इंतजार कर रही क्या कर रही हूँ कर ली कि देख प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम कामों चल रही है, है ना हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रार्थना एकदम फ्रीली हमें करना चाहिए परमेश्वर पर्मे, परमेश्वर से जब हम बातें करेंगे तो एकदम तो, है ना डैडी के साथ कैसे बात करते हैं वैसे हम बात करता अवश्य है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि और आगे बच्चनों को देखेंगे या देख सब लोग खुड़खुरा लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है चंपई ने खड़े होकर प्रभु से कहा दे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करने करके ले लिया है तो उसे चौकला फेर देता हूँ हलेलुआयालेलुआया उसने एक प्रश्नताप किया क्या किया है किया उसको जब पता चला कि परमेश्वर की इतना कार्य है उसके बातें इतना है ना प्यारा तो है एकदम मधुर पाते हैं उसकी उसकी छूने से ही क्या होता है ना लोग चंगे हो जाते हैं उसके ना बातों से ही क्या होता है लोग एकदम एकदम न हृदय को एकदम तृप्त मिलता है एकदम एकदम घर आता तो ना जगह के हृदय में परिवर्तन आया उसने क्या किया सारे पूरी कामों को छोड़कर उसने क्या किया अच्छाई को उसने फॉलो किया क्या किया अच्छाई पर को इसने फॉलो किया तो यहाँ पे हम देखते कि जैसा जब कल ने एक अच्छाई पल को फॉलो किया है ना उसके पीछे पीछे दौड़ा है हम यहाँ पे देखेंगे कि है ना उसने सोचा नहीं कि मैं कितना बड़ा इंजाम मैंने पहले भी माँ है तो देखा कि मेरा क्या है कितना बड़ा चीज़ है मेरे पास दौलत लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के पास क्यों जाऊँ है ना? एक एडिक्शन्स का उसके पास कि मैं चिंगी लेने वाला इंसान हूँ है ना? हम किसी के हम अगर हमारा जीवन बोलते तो, ना अगर हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति में अटक गया मैं शारीरिक या वर्ल्डली लाइफ का बारे में नहीं बोल रहा एकदम स्परिचुअल लाइफ का बारे में क्या बोला आत्मिक जीवन के अगर कहाँ भी किधर तो रुक है ना और तुम लोग और हम जो भी लोग हैं मनुष्य तो है, हमारे हमारे से दिन में सौ बार हजारों बार गलतियाँ होती ही रहती सबसे बड़ा गलती ये क्या है बाइबल में भी लिखा है कि अगर एक दिन भी अगर एक दिन में तुम एक बार प्रेयर भी ना करो वो तुम्हारे लिए पाप है इसको बताए सबको प्रेयरलेस दे पता है अगर एक दिन भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो, तो वो क्या है wow. परमेश्वर की नज़र में वो एक का पाप है देखो अगर प्रार्थना ही नहीं है तो एक पाप होगा तो हमारा दृष्टि है ना हमारा सोचना हमारा चाल चलन हम किसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी एक पाप ही होगा तुम्हारा पहला ही पाप क्या है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए दिन भर लगे तर हमें क्या करना चाहिए प्रार्थना करना जरूरी है तो ये हमारे मतलब तो हमारे लिए अच्छा है कि हम आत्मिक में नहीं गीर, नहीं गिर जब हम आत्मिक में अगर बढ़ना चाहते हैं या ठीक है? जब भी हम आत्मिक में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए लगातार प्रार्थना करना चाहिए क्या करना चाहिए लगातार करना तुम बैठेगा परमेश्वर सब क्या वो तो देख रही है अभी तक देखता है हमें क्या करना चाहिए सिर्फ एक्शन लेना चाहिए ठीक है थीके? जैसा जब कहने क्या सोचा कि नहीं मुझे देखना है इसको मैं कुछ भी हूँ मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन मेरे को देखना है मेरी इच्छा है वो क्यों वो इंसान है ऐसा क्या है उसमें जो इतना प्यार मतलब लोगों में इतना बढ़ गया लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाहता उसने क्या किया एक कोशिश क्यों किया किया इस कोशिश को किया परमेश्वर ने उसके जीवन में एक कमी रखा कि वो क्या है जब नाटा सा अगर वो लाटा नहीं रहता वो पेड़ पे नहीं चढ़ता अगर वो पेड़ पे नहीं चढ़ता तो परमेश्वर उसे नहीं देखता अगर परमेश्वर उसको नहीं देखता तो वो अभी तक का बाइबल में एग्जांपल के रूप में नहीं होता करेक्ट है तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हम आप जीवन में कम हो अगर कम हो गए तो हमें क्या करना चाहिए लगातार प्रार्थना को करना जरूरी है जब भी हम प्रार्थना में पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हम हमारे साथ समय बातें करता है अरे लुहिया जब भी हम प्रार्थना करते करते हैं ना एक बुरी विचार है ना बुरी सोच या फिर बुरी बोली या तो कुछ भी हो सकता है है ना हम आत्मिक में रह के हम ना वर्ल्डली लाइफ में जी रहे तो ना ऊपर नीचे हो सकता है हम परमेश्वर लिए जो हम पूरे शुद्ध हैं तो जब भी हम कुछ भी ऐसा करें तो हमें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए माफ़ी तो मानना चाहिए बाद में लेकिन हम प्रार्थना में लगे रहना चाहिए कि प्रभु देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है मुझे जब भी मैं आग बन करूँ तो मुझे कुछ और है जब भी मैं तेरे बारे में सोचूँ तो मुझे काम के बारे में याद आता है जब भी मैं प्रार्थना में लगे रहूँ मेरे शरीर में कुछ होता है जब भी मैं कुछ करूं तेरे लिए या फिर कुछ चर्च के लिए भी काम करूं तो क्या होता है कुछ ना कुछ समस्या आगे रहता है लोगों तो तुम तो मुझे कुछ ना कुछ कर तो कुछ भी करके मुझे ये काम करना है मतलब करना है तो एक एग्जांपल दूँ एक अच्छा वाला एग्जांपल दू आज मेरा क्या ना डूटी था क्या था ड्यूटी मेरा इवनिंग ड्यूटी तो मैंने क्या किया एक हफ़्ते से मैं लगातार क्या करूं क्या करूं किसको रखूँ मेरे जगह पर और मैं जब उसका है ना जब उसका ड्यूटी रहेगा तो तभी मैं छुट्टी ले सकती हूँ मेरा छुट्टी नहीं है मेरा ड्यूटी है तभी मैं क्या करूं एक हफ्ते से आता हूँ खुद हो चांसेस नहीं आने का तो आता हाँ प्रेयर कर पैसा भी मेरे को मानते हैं कि में आना ही आना कुछ भी हो जाए है ना मैंने इतना दिन हो गया है ना बता भी यहाँ पर नहीं बस फर्स्ट संडे सेकेंड प्रभु मेरे को मैं क्या करूँ मशन से बात करूँ मसर फिर जाए कुछ ना कुछ करूँ तो क्या करूँ इसको मनाऊ कौन सी सिस्टर के पास जाऊँ कि मतलब मेरे को छुट्टी दो बाबा कि मैं मैं यहाँ पे इधर काम है मेरे को कि मैं जाऊँ और फिर मैं मतलब तुम्हारे जगह का जब तो जब मुझे छुट्टी है तो तुम काम पर आ जाओ जबकि मैं छुट्टी रहेगा मैं तुम्हारी ड्यूटी कर लूँगी मैं एक्सचेंज कर लूँगी करते करते मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया कुछ मैंने ना से बात किया नहीं मैडम से बात किया ना ही किसी से बात नहीं मैंने सिर्फ प्रेयर के कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू रखा एकदम कंटिन्यू रखा और मेरे को ऐसा भी करके प्रेयर अटेंड करना है मतलब करना ही है ये मेरी इच्छा है ये मेरी आशा है जो तू करेगा कि तेरे ऊपर तू मेरे आशा को जानता है मेरी इच्छा को जानता है तू अभी सब तेरे ऊपर है तो रखा एक दिन जस्ट पहले एक सिस्टर से मैंने बात किया सिस्टर आपका मेरे ड्यूटी पर आओगे मेरे, मतलब मेरे, कल मेरा छुट्टी है तो मैं आज छुट्टी लेती हूँ अंदर तो कल आ जाती हूँ तो उसने क्या बोला ठीक क्या बोला ठीक है तुम आ सकते कितना अच्छा बड़ा मंगाया ना ठीक है तो आ सकते आज वो मेरे जगह पर ड्यूटी कर दिया और कल मैं उसकी जगह पर ड्यूटी जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे प्रार्थना में जब हम मांगते हैं तो हम क्या करते हैं उसे अवश्य हम पाते हैं जैसे जगह के हृदय में आशा था और उसके वो आशा को पाया है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे परमेश्वर के संसार में अगर उस आशा को रखेंगे तो हम निश्चय ही मतलब ऊपर चढ़ के जब बैठा है चार के पीछे में तो उसने क्या देखा परमेश्वर ने नज़र उठा क्या बोला जब कई उतर क्या बोला जब कई उतरा जब भी हम परमेश्वर के सनिधान में आकर प्रार्थना करेंगे जैसा परमेश्वर ने जमकर को देखा वैसे ही जब परमेश्वर क्या करेगा हमें देखेगा जैसा उसने आप के देखा वैसे वो आग नीचे करके भी हमें देखेगा हरे और जैसा परमेश्वर ने जक्राई जंग को पास नहीं किया मतलब उसको वो छोड़ कर नहीं गया तो परमेश्वर क्या करेगा हमें छोड़कर नहीं चलाएगा वो उसको छू कर गया उसके घर को उसने उधार किया ना उसके जीवन को उसने उधार किया उसके सारे गलत चीज़ों को उसने मार किया वो बात हो गई पूरा देश में उससे क्या किया आगे चल उसके तो आगे के आगे आगे का कामों को तो इसमें किया तो इसे इससे ये है कि मतलब जब भी हम परमेश्वर के संिधान में रहें तो जब भी हम, तो हम प्रार्थना करें एक तो फिलिंग नेस हो ना जब हमारे जीवन में कि प्रभु ये मुझे चाहिए है ना ये मुझे चाहिए है ना मुझे संपर्क ऐसे मुद्दे हमारे पास में कि एक बार रखा मिले परमेश्वर के संिधान में प्रभु ये कर, कर भी छोटा है तो वो एकदम गर्व से बोलते हैं कि मैंने सब कुछ पाया भी बोलते ही कि नहीं कितने जन ने सुनाए उनके मुंह से सुना है तो हम लोग भी क्या है उनसे सीख कर ही आए हैं कि जो भी हम परमेश के सामने रखें वो हमें जरूर देता है ना हमें पास होकर कब परमेश्वर कभी नहीं जाता है अब जब हम प्रार्थना करें कि किसी के न डिस्ट्रैप ना होते हुए आप कि ये हमारा क्या है एक ग्रोइंग सेशन है ना ग्रोइंग स्पिरिचुअल लाइफ है तो हमें बहुत सारी चीज़ आएँगी डिस्टार्ट होने के लिए लेकिन हमें क्या करना चाहिए एक वीलिंगनेस होना चाहिए एक आर्स होना चाहिए एक परमेश्वर के साथ एक बाचा बांधने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसमें तैयार होना ज़रूरी है अलेलूया। अलेलूया। अलेलूया करना जैसा क्या करना चाहिए? है।, करते करते है? है।, है? तो मैं इनकी चाहती हूँ कि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हमें बना रहेगा और जैसा जब कई ने अपने हृदय को परिवर्तन किया है तो उसने जब कब परिवर्तन को पाया है जब उसने अपने आप को यीशु मसीह के लिए उसने अपने आप को मेहनत में रखा उसने सोचा कि मैं कहाँ जाकर देखूंगा, किस ऊंचाई पर मैं जाकर देखूंगा, उसने सोचा कि मैं कौन कोल से कोने में से देखूं, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए हमें भी मेहनत उताना चाहिए आना चाहिए प्रार्थना करना चाहिए उसके संविधान में वक्त तो बिताना चाहिए है ना उसके संविधान में गाना करना चाहिए दूसरों को अच्छाई करना चाहिए और क्या दूसरों को दूसरों के लिए क्या करना चाहिए हम मदद होना जरूरी है वही अच्छाई पर क्या होता है परमेश्वर हमें लौटाना जरूरी हरे भैया वो अच्छाई पर क्या करता है परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर हमें वापस रिटर्न देता है तो और हमें क्या करना चाहिए जैसा परमेश्वर ने ना जब को देखा तो प्रार्थना जब हम लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा परमेश्वर भी को भी सुना भी देखा हाथ को भी देखा थी है जब तो नीचे उतारा क्या किया ये सब उसने तो उसी तरह हम यहाँ पे खड़े रहेंगे जब ये हम हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे नज़र उठा के प्रार्थना करेंगे है ना और क्या एक तो फीलिंगनेस के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की क्या करेगा उस वो अपना नज़र को वह हमारे बीच में रखेगा रखने के बाद क्या करेगा वो अपने हाथ को बढ़ाएगा जैसे तुम अपने हाथ अपने हाथों को उठा के प्रार्थना में करते हो तो वो क्या करेगा हमें तो देखेगा क्या करेगा देखेगा तो वो जो जगई के हृदय में जो पागल तो था यशु तो देखने के लिए वैसा हमें इच्छा ये सब पागल पर हमें चाहिए हमारे जीवन में होना जरूरी है वो तो एक ही बार का आके चले नहीं जाना चाहिए एक दिन हो गया अरे ये सब हो गया आज मतलब कुछ लोकेशन है आज परमेश्वर से करना नहीं है बातें करना है अभी मेरे जीवन में ये सब चीज़ हो गया वो विन होके जो परमेश्वर तुम्हारे ना समीप आके